हेलो दोस्तों आज मैं बताऊंगा कौन सा पेडल क्या काम करता है ठीक है नया ऑपरेटर कंफ्यूज हो जाते हैं ये दो पेडल को लेके ये वाली और ये वाले ये दोनों को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं तो सीट लॉक कौन सा है और इमरजेंसी ब्रेक कौन सा है ठीक है तो ये जो देख रहे हैं जो मेरे पेड़ के पेड़ के ये है इमरजेंसी ग्रेट ठीक है वो कि पॉम्प लॉक कर देता है आपका अगर ब्रेड काम नहीं करता है तो एमरजेंसी में दवा ना हो जाइए पॉम्प तो को लॉक कर देता है हाइड्रोलिक लॉक हो कर देता है और ये जो पेडल देख रही है ये सीट का है जैसे सीट घुमाते हैं ना उसका लॉक है ठीक तो है तो कौन सी बात हुई है कंप्लीट बता रहा हूँ मैं ये और यह है ब्रेड समझ लीजिए ए बेट में क्या इस देता है ठीक है डिस्ट देता है बेस्ट में लेकिन स्वंस में सभी मशीन में डी साइड दिया रहता है तो इस का ध्यान रखिए मतलब कन्फ्यूज ना होगा और ये है एक्सलेटर ठीक है राइट साइड में हम लोग का एक्सलेटर होता है तो इस का भी ध्यान रखिए कोई कोई बैरक समझ के एक्सोलेटर को भी दवा देता है मैंने ऑक्लेटर को देखा मतलब एक तो कन्फ्यूज होकर बैरक दबाने के बजाय एक्सोलेटर दबा दिया था एक बार तो इसका अगर एगैक्स ऑपरेटर आप आपको पता नहीं है तो इसकी बात तो ध्यान रखिए ठीक है ये मैंने बता दिया ये सीट लोक का है ये इमरजेंसी है और ये फ्रेट है ठीक है तो हमारे यहाँ गाड़ी चल रहा है तो थोड़ा तो शोर ज़्यादा आ रहा है नोट करना नोट उसको तो आज का जानकारी कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइए ऐसे जानकारी छोटे मोटे में लाता रहता हूँ छोटा या बड़ा आपको बताना मेरा फ़र्ज है आपको दिखाना आपको सिखाना वीडियो को थ्रू ठीक है और ये बॉकेट कंट्रोलर लीवर है जो कि ये मैं वीडियो में बता चुका हूँ कैसे यूज करना होता है नहीं देखा तो देख लेना ऊपर आई बटन में दे दूँगा लिंक तो वीडियो दे दूँगा और स्टेरिंग मोड जो वेरी इंपॉर्टेंट है किसी किसी को पता ही नहीं है चेयरिंग मोड ठीक है इसके बारे में किसी दिन वीडियो लेके कर आऊँगा आज मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि मशीन चालू हमारा टाइम भी नहीं है जल्दी जल्दी उतना बना दिया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना अपने दोस्तों को भेजिए उनको पता अपलोड का वीडियो में डाला रहा हूँ नहीं दिखाया तो देख लेना चलिए आज के लिए इतना ही